क्या आप जानवरों का इलाज पार्टी देख कर किया जाएगा कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह की माने तो बीजेपी के एक नेता ने वेटनरी डॉक्टर से कहा कि, कि किसी भी कांग्रेसी कार्यकर्ता का काम ना करें अब वेटनरी डॉक्टर की परेशानी यह है कि वो कैसे जाने कि कौन सा जानवर बीजेपी का है और कौन सा कांग्रेस का कैसे पता करें कि कौन सी गाय भैंस बकरी किस पार्टी की है जिसका इलाज नहीं करना है कहते हैं मोहब्बत और जंग में सब जायज है लेकिन शायद अब वक्त आ गया है कि इस कहावत को राजनीति से बदल दिया जाए राजनीति में सब कुछ जायज है दरअसल कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह ने कहा कि वे अपने निर्वाचन क्षेत्र के दौरे पर थे इस दौरान बड़ी मजेदार बात सुनने में आई उन्होंने कहा भाजपा के एक नेता ने एक वेटनरी डॉक्टर को बुलाकर कहा कि कांग्रेस के किसी कार्यकर्ता का काम मत करना इस पर वेटनरी डॉक्टर ने कहा महोदय मैं तो जानवरों का डॉक्टर हूं कैसे पता करूं कि ये गाय भैंस बकरी कांग्रेस की है या भाजपा की उन्होंने कहा बीजेपी इस स्तर पर उतर आई है कि पूरे प्रदेश में कांग्रेस कार्यकर्ता को परेशान किया जा रहा है उन्होंने कहा बीजेपी इस जानवरों की राजनीति और वेटनरी डॉक्टर की परेशानी पर कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह को आज मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र के दौरे पर था एक बहुत ही मजेदार बात सुनने में आई जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ भाजपा के एक नेता ने एक वेटरनरी डॉक्टर को बुलाकर कहा कि कांग्रेस के किसी कार्यकर्ता का काम मत कर और वेटरनरी डॉक्टर ने कहा महोदय मैं तो जानवरों का डॉक्टर हूँ कैसे पता करूँ कि ये भैंस गाय बकरी कांग्रेस की है या भाजपा की तो कहने का मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी इस स्तर पर उतर आई है और पूरे प्रदेश में कांग्रेस के कार्यकर्ता को परेशान किया हुआ इसलिए हम चाहते हैं मीडिया से कि इस तरह के बहुत सारे मामले हैं उन पर संज्ञान ले और भारतीय जनता पार्टी भी अपनी अपने कार्यकर्ताओं से क्या इस तरह काम में आप देख रहे हैं दाखल न्यूज